मैं गौरी प्रस्तुत करती हूँ दिल खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा आज मैं कोई शायरी नहीं प्रस्तुत करने वाली हूँ बस एक दो लाइनों की पंक्तियाँ हैं जो कि सुविचार हैं जिनमें बहुत गहराई है गौर से सुनिएगा कुछ रिश्ते खुदा बनाता है कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं कुछ लोग रिश्ता ना होते हुए भी रिश्ता निभाते हैं वही दोस्त कहलाते हैं ज्ञान मिलने से शब्द समझ में आते हैं अनुभव मिलने से अर्थ समझ में आता है विश्वास इस शब्द में विश भी है और आस भी है यह तो स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनना चाहते हैं कोई हमें खुशियों की दुआ दे या ना दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी हम खुशियाँ रखते नहीं बांटते हैं खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है कोई गुब्बारे खरीदकर खुश है तो कोई गुब्बारे बेचकर खुश है तो कोई गुब्बारे फोड़कर खुश है जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है